okay thank you tere ke bhav mein aur hame mil gayi hai mortarant ye gun to bahut hi op hai isse bande mutthi maarne lagte hai buri lagte hai okay let's go form up on me enemies ahead wo oh wo yeah, oh yeah, watch oh. out i need a weapon आदा? back to location do bande ho yahan pe ek bande ki loade lag gayi अरे मंत्री साहब बंदे चले अरे हमारा माफिया दिखे बंदे को आते हैं तेरा के वहां मैं पूरी प्रेशर खेल ले आ नहीं पीला वाला वो सीधी वाला सीधी वाला ये बहुत ही सही है ओके ब्रो। नंबर पास चलते हैं। तो बंदा आसपास जान लगा जब भी कुछ ना कर रहा I got supplies I got supplies हाँ हाँ हाँ मे चाहिए हाँ मे चाहिए तब मेरे पास भी है लाड़े ले आने के बाने के रंटा पिछले वर्ड मेरा था क्या सीन वाता एक ड्रोप पे कैस कर ऐड किचेस कर के की जगह चक्कर मारकर बंदा हाँ लोटा था लुटन लग रहा था अच्छा लूट के और वो कर दो लौट के पिछा खत्म है पारे। पारे गाड़ी वाला। तुम जल्दी से थोड़ा पीछे लगा दो आज अरे दो दो तार दे दे दो दो करो मिलरी दे ये गड्ढे का ट्रैक्टर लगा दो 4 4 लगा जो ऊपर रोड पे चल उठा दो रैंक को से मार दो फिर फिर हटा दो मैप टू लोकेशन तो इधर रहा तो रहा तो है कर क्या क्या क्या ओ मोड़ गया ग्रेट की समझ ठीक से मतलब सो हुआ। तो गाड़ी आ रही गाड़ी आ रही है सामने गड़ी गड़ी। दो डाउन है दो डाउन है कुदगे नीचे दो कुद नीचे कुद गया पार्ट की टेम तो नया जल्दी चार चार किला तेरा एक तो नहीं डाउन लोड एक मेरा किला लोडे लग गए तेरे के ये ये पानी में देते हैं पानी कुटे जबीनाचन सामने से, तामने से. नेड कर रहा था बन गया बिना हां ये खेल ये तो खताओ दोनों खताओ हम ही करके रहते हैं बहुत मारा फोर बॉडीज मार लो नाक में कोंध गए इतनी फिर आपसे दो से हार के लगा सही कह रहा था पड़ दिया enemy is ahead आजा चल चल चल एनिमीज़ कवर पेड़ खत्म तो पे। कर ना लगा लगा बेटा खिला जय ह